नीलांजनस समाभाषम रविपुत्र तम नमामि चनिश्चरम दर्शकों महाभारती को प्रणाम करते हुए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं ज्योतिर्बिदासी पांडे दिनांक 7 दिसंबर का दैनिक राशिफल आप सभी श्रोतागणों के सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ हमारा प्रस्तुत राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है राशिफल पर आगे बढ़ें उससे पहले आज के पंचांग पर एक दृष्टि डाल लेते हैं पंचांग पांच अंगों से मिलकर के बना होता है ये पांच अंग है तिथिवार नक्षत्र योग कर यदि इनमें से एक भी अंग की न्यूनता आ जाती है तो पंचांग पूर्ण नहीं होता है तो विक्रम संबत् दो हजार छिहत्तर शख्स उन्नीस सौ इकतालीस मास है और अशुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी दर्शकों एकादशी तिथि के बारे में हमने पूर्व में आपको बताया था कि चावल का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और दाल को भी एवॉइड करना चाहिए यदि आप ऐसा करेंगे तो पुनः आपको मानव योनि प्राप्ति संभव नहीं है और रेंगने वाले जो है जानवर बनके रह जाएंगे सूर्योदय की बात करें यह ब्रह्मा वैवर्थ पुराण में लिखा हुआ है कोई हम अपने मन से इसको हम कपोल कल्पित ये जो है आपको बातें नहीं बता रहे हैं सूर्योदय की बात करें तो प्रातः छह बजकर पैंतालीस मिनट पर सूर्योदय होगा और सूर्यास्त होगा शाम को पांच बजकर आठ मिनट चल रहा है नक्षत्र रहेगा रेवती बुद्ध का नक्षत्र और यह गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में आता है करण रहेगा वरिज इसके उपरांत वृष्टिकरण रहेगा योग रहेगा व्यतिपात योग इसके उपरांत वरियान योग रहेगा दर्शकों शुभ काल पर आज हम आ जाते हैं क्योंकि शनि से बहुत लोग डरते हैं तो यदि आपको किसी भी कार्य को करना है तो कोशिश कीजिए सुबह ग्यारह बजकर छत्तीस मिनट से लेकर के बारह बजकर अट्ठारह मिनट के बीच में आप कर सकते हैं अशुभ काल की वहीं हम बात करें तो नौ कर मिनट से लेकर के सुबह दस uh, बजकर उनतालीस मिनट तक का समय ये जो अशुभ समय रहेगा ये काल के नाम से जाना जाता है और राहु काल में शुभ कार्यों की दर्शकों देखिये मना ही है चंद्र राशि बता देते हैं चंद्रदेव कहाँ पर चलायमान रहेंगे तो चंद्रदेव मीन राशि में दर्शकों देखिये चलायमान रहेंगे सूर्यदेव वृश्चिक राशि में चलायमान है पूर्व दिशा की ओर दिशा है और यदि पूर्व दिशा की ओर यात्रा करना पड़ जाए तो अदरक का सेवन करके आप यात्रा कर सकते हैं आप अदरक वाली चाय पी करके यात्रा कर सकते हैं और पहले पश्चिम दिशा की ओर चार पग चल लीजिएगा इसके बाद आपको पूर्व दिशा की ओर चलना रहेगा अब बढ़ते हम अपने राशिफल पर लेकिन आगे बढ़ने दर्शक उससे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारा जयपुर आगमन हो रहा है और नई दिल्ली आगमन भी हो रहा है तो इच्छुक दर्शक जो कोई भी जयपुर से हैं या दिल्ली से हैं आप लोग हमसे मिल करके आपके मार्ग में आ रही जो बाधाएं हैं उनको जो है दूर करवा सकते हैं कम करवा सकते हैं साथ ही साथ दर्शकों को एक अपील आपसे ये रहेगी कि आप ये राशिफल तो देख रहे हैं लेकिन थोड़ा सा अपने जो है आपको अंगूठों को कष्ट देना रहेगा आपको जय श्री राम लिखना होगा आप वीडियो लाइक डिसलाइक कुछ करें लेकिन राम के नाम पर किसी के मन में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए ऐसा हमारा मानना है तो जय श्री राम के उद्घोष के साथ मेष राशि के जातकों आज आपका दिन अच्छा रहेगा राम जी कहते हैं कि आज किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती आज, आज आप खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे खास करके जो मेष राशि के जातक हैं मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं उनके लिए आज का दिन बेहतर रहने वाला है कोई नया क्लाइंट आज, आज आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा आज, आज आपके परिवार में सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी जीवनसाथी के साथ आज, आज आप लोग ज्यादा समय बिताने की कोशिश करेंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज म विष्णवे नमः जी हाँ ओम हुम विष्णवे नमः इस मंत्र का आपको जाप करना रहेगा तथा घर से निकलने से पूर्व अदरक का सेवन करके आपको निकलना रहेगा शुभ कलर आज आपके लिए रहेगा लाइट ग्रीन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक और वृषभ राशि के जात तो आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा आपके कई योजनाएं समय से पूरे हो जाएंगे परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहेगा कार्य क्षेत्र में आज, आज आपको कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट मिलेगी अपनी ऊर्जा से आज, आज आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे किसी कठिन परिस्थिति में आज आपको कुछ लोगों से आसानी से मदद मिल जाएगी आज, आज आपके भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी घर से निकलते हुए माता पिता के पैर छू के आज आप लोग जरूर निकलिए जिससे आपके हर आ, बिगड़े काम बनते नजर आएंगे दूसरा आज आपको प्रयास ये करना रहेगा शनि की ढैया चल रही है तो कव्वों को रोटी और दूध इसको सान करके कव्वों के लिए आप लोग जरूर रखें शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार मिथुन राशि के जातकों आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा कोई बड़ा और अलग काम करने से आज, आज आपको बचना चाहिए आज आप थोड़े सुस्त हो सकते हैं किसी मामले को आज आपको बातचीत और शांति से सुलझाने के सितारे सलाह दे रहे हैं संतान के साथ कुछ विवाद होने की संभावना दिख रही है साथ ही आज आप संवेदनशील भी हो सकते हैं घर में रोज सुबह शाम आज जो है कोशिश कीजिएगा कि घी का दीपक जलाइए जिससे आपके सभी कष्टों का निवारण होगा साथ ही साथ आज आपको प्रयास ये करना रहेगा चूँकि आपके ऊपर शनि की ढैया आने वाली है तो आज आपको प्रयास ये करना रहेगा कि पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाइए और हनुमान चालीसा का एक पाठ जरूर करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात कर्क राशि के जात को आज आपका दिन भाई मिला जुला रहेगा जरूरत से ज़्यादा एकाग्रता के कारण आज आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती थोड़े से डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं एक तरफा सोच आज आपको परेशानी में डाल सकती है सभी काम आज आपके मन मुताबिक पूरे हो सकते हैं आपको अपने वाड़ी पर संयम बनाए रखने के सितारे सलाह दे रहे किसी बात को लेकर ज़्यादा जित करने से आज, आज आपको बचना चाहिए फालतू विवाद भी आज सामने आ सकते हैं कार्यक्षेत्र में आ रही दिक्कतें आज दूर होती हुई दिखाई पड़ रही है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज चीटियों को शक्कर मिश्रित आटा आप लोग जरूर खिलाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो वहीं सिंह राशि के जातकों आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा खास करके सिंह राशि के जातक जो कारोबारी हैं इनको पैसों के मामले में आज अचानक धन लाभ हो सकता है ऑफिस में आज आपके कार्य आसानी से पूरे हो सकते हैं साथ ही आज, आज आपके बॉस आपकी परफॉर्मेंस से खुश होकर के आज, आज आपको कोई बहुत अच्छा जो है गिफ्ट दे सकते हैं या सैलरी में इंक्रीमेंट वगैरह दे सकते हैं संतान पक्ष से सुखद जो है आपको सुख प्राप्त होगा दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने की आप कोशिश करेंगे रिश्तों में मिठास आएगी पत्नी के साथ कोशिश कीजिएगा कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति को आज पका हुआ भोजन आप लोग जरूर कराइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज रेड और शुभ अंक आपके लिए रहेगा पाँच वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए आज आपका दिन शानदार रहेगा इस राशि के जो कारोबारी हैं इनको उम्मीद से ज़्यादा लाभ मिलेगा ऑफिस में आज आपको अपनी राय रखने का पूरा मौका मिलेगा दूसरे लोग आज आपकी योजना से काफ़ी प्रभावित होंगे आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा लव मेट के लिए आज का दिन बेहतर रहने वाला है परिवार के लोग आज आपके लिए मददगार साबित होंगे किस्मत के सहयोग से जो भी होगा आज आपके फेवर में होगा ज़रूरतमंदों को कोशिश कीजिएगा पीले रंग का आज आपको जो है वस्त्र दान देना रहेगा साथ ही साथ आज आपको करना ये रहेगा कि उड़द की दाल के बड़े बना करके गरीबों में बांटने रहेंगे और पीले रंग का कोई वस्त्र आज आप लोग जरूर दान करिए किसी जो है लेबर क्लास को आप कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा आज जो है ग्रीन कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा अंक छ लिब्रा जी हां तुला राशि तो तुला राशि के जात को आज आपका दिन व्यस्तता में भी सकता है कोई नई जिम्मेदारी लेने में थोड़ा सा मन आपका संकोच कर सकता है कुछ खास काम आज आपके अटक सकते हैं कोई चीज कहीं रखकर आज आप भूल सकते हैं इसलिए चीजों को आपको ध्यान से जो है ध्यान में रखना चाहिए आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं आज आपकी कोशिशों में कुछ ना कुछ कमी आ सकती है आज के दिन वाहन सावधानी पूर्वक चलाने की सितारे सलाह दे रहे हैं आज भगवान विष्णु का मंत्र है ओम नमो भगवते नारायण इस मंत्र का आप लोग 108 बार जाप करिए साथ ही साथ आज आपको करना यह रहेगा कि पीपल के वृक्ष में आपको जल में गुड़ डाल करके अर्पण करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक तो वृश्चिक राशि के जातकों देखिए आप लोग पहले फटाफट लाइक कीजिए पुनः आपसे निवेदन है नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल बेलाइकन जरूर दाबिए और जय श्री राम का उद्घोष जरूर करिए और हम भी जय श्री राम के उद्घोष के साथ वृश्चिक राशि पर चलते हैं तो वृश्चिक राशि के जातकों आज आपका दिन बेहतर बीतेगा कुछ लोगों की मदद से आज आपके काम पूरे होंगे आज आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है आज आपके पार्टनर आपकी हर बात समझने की कोशिश करेंगे साथ ही वो किसी काम में आपसे सलाह भी ले सकते हैं रिश्तों के मामले में कुछ नयापन आ सकता है आज आप लोगों की इच्छाएं समझने की कोशिश में लगे रहेंगे कुछ नई जिम्मेदारियां आज आपको मिल सकती हैं आज आपकी सेहत कुल मिलाकर के अच्छी रहेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो धर्म स्थान पर या मंदिर में आज आपको उड़द की दाल का दान करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ राशि के क्षेत्र से जुड़े लोगों को जीवन साथी की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित रहेगी कैरियर में आप नए आयाम स्थापित करते हुए दिखाई पड़ेंगे आज दोस्तों के साथ आप लोग वीकेंड पर घूमने के लिए भी जा सकते हैं लोगों का सहयोग कुल मिलाकर आपके जीवन में बना रहेगा आज अनाथालय कुछ ना कुछ आप लोग दान करिए और कोशिश कीजिए दशरथ कृष्ण दसरथनिस्त्रोत का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा आठ कैप्रिकॉन मकर राशि आज का आपका दिन उत्तम रहेगा आपके अधूरे काम पूरे हो सकते हैं मिलकर किए गए कामों में आज आपको बहुत सफलता मिलने के योग हैं कुछ नए मौके आज आपको मिल सकते हैं प्रेम प्रसंग में आज, आज आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही कुल मिलाकर के आज, आज आपका मन प्रसन्न रहेगा कोई नई बात आज आप सीखते हुए नजर आएंगे घर में सुख शांति बनी रहेगी आज उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा विकलांग व्यक्तियों को कुछ मीठा छेने से संबंधित आप जो है सामग्री या वस्तु खिला सकते हैं या अगर आपको विकलांग नहीं मिलते हैं तो आज आपको जो है कुत्तों को जो है कुछ मीठा आपको जरूर खिलाना गा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्लैक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छह कुंभ राशि की ओर चलते हैं तो आज आपका दिन आपके फेवर में रहेगा रोजमर्रा के कामों में आसानी से आज, आज आपको फायदा होगा कारोबार में पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं दांपत्य संबंध मधुर रहेंगे घर में कोई नए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है आज आपको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या कोई नया काम करने का मौका मिलेगा जिनमें आप सफल भी रहेंगे आज आप दूसरों की मदद के लिए तैयार रहेंगे परिवार में लाभ की स्थिति बनी रहेगी रचनात्मक काम से आज आपको फायदा होगा रुका हुआ धन वापस मिलेगा कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता प्राप्त होगी पंछियों को आज आपको बाजरा डालना रहेगा साथ ही साथ आज आप यदि कोई प्यासी गाय देखते हैं तो उनको आप लोग जल जरूर पिलाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्राउन शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन अंतिम राशि पर चलते हैं तो मीन राशि के जात को आज आपका दिन सामान्य रहेगा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से कुछ लोग आज आपका विरोध कर सकते हैं आज आप पुरानी बातों के झंझट में पढ़ने से बचिएगा आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा प्रभावशाली लोगों से मुलाकात की संभावना निवेश के मामले में आपको कोई नई सलाह मिल सकती है आज कुछ लोगों की नज़र में आपकी पॉजिटिव इमेज बनेगी खास करके जो आपके बॉस हैं आपके उच्चाधिकारी हैं इनकी नज़र में कोई शुभ समाचार आज आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है धन लाभ के तमाम मौके आज आपको मिलेंगे उपाय क्या करना रहेगा तो कोशिश कीजिएगा किसी काले रंग की गाय को आप लोग रोटी में थोड़ा सा घी लगा दीजिएगा और तब खिलाइएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज जो है व्हाइट कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा पाँच तो कैसा लगा हमारा ये राशिफल मेज से लेकर के मीन राशि के जातक आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए पुनः आप सभी लोगों का एक बार आभार कि आपने इस राशिफल को इतने प्यार से देखा और अपना प्यार भरा लाइक कमेंट किया और इस वीडियो को आपने जमकर शेयर किया तो दीजिए इजाजत मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार